से एग्जिट कहाँ है स्ट्रेट स्ट्रेट ओके थैंक यू जानू यहाँ से स्ट्रेट स्ट्रेट यहाँ से ओके yeah. तो थैंक यू बेबी देखने दो. क्या हुआ कुछ नहीं कर रहे आपका नाम प्रीति है ओ oh, यार yeah. <laughs> चलो चलो चलो आ ah, यारे yeah, <laughs> चलो चलो चलो <laughs> मतलब मैं वृंदावन से तीन साल का कोर्स भी करके आया हूँ सिंगिंग का तो अभी जस्ट हम लोगों का गरिया मोर में मतलब ऑडिशन है तो मतलब हम लोग बहुत नर्वसनेस लग रहा है कि क्या होगा कैसे तो मत जैसे आप लोगों को एक मिनट जस्ट गाना सुना था आप लोग बता पता कैसा है जैसे ओके अच्छा ठीक है आप लोग फिर यहाँ पे बैठ जाइए आराम से आप लोग बैठ स रेडी वन टू थ्री बन बन बन गए गए गए सितारे तो ये अच्छा नहीं है क्या ना तो बहुत बुरा, बहुत बहुत अच्छा नहीं है गाना बहुत बुरा है अच्छा नहीं है अच्छा कॉमेडी तो हम लोग तीस साल के तो तो भरम में थे हाँ? so your... <laughs> क्या शुरू थोड़ा खराब था क्या पूरा ही चलो मेरे को लगता है इन लोगों के नहीं नहीं आ ए का सरोवर मेट्रो मेट्रोन दिए बेडी जो मेन रोड ओ हम्म ओ hmm? oh! <laughs> मतलब दूर है क्या यहाँ से <sharpy> पूछता हाँ, ये का क्या नेम है ढाकुरिया हाँ। तो यार आप पैसे पैसे मत देखो ना। ना ढाकुर मतलब ठीक है पूछ रहा हूँ गार्डन वार्डन का नेम तो आप पैसे मत देखो कैसे हैं। ठीक है मैंने आपसे पूछा ढाकुरिया ढाकुर तो मेरी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है यार आप ऐसे मत देखो। से एकदम सीधा सीधा ज्यादा दूर है क्या थोड़ा सा थोड़ा दूर होगा अच्छा। मतलब तो और से आप लोग इतना मत करना ठीक है? एफसी होगा? ओके थैंक थैंक यू यू आंटी, आंटी। हाय, किधर है मास्क किधर है मास्क कि अरे इधर इसको <laughs> <laughs> मैं हूं और यहाँ कुछ सुंदर क्यूट सुशील लड़किया है और ऐसा इनको लगता है गाइस गाइस एक मिनट इसे मैं हूँ ये मेरी दोनों गर्लफ्रेंड हैं, और यहाँ पावरी हो रही है पावरी हो रही है <laughs> Happy New Year, baby. <laughs> Happy oh, New Year. Kangati. <laughs> <laughs> oh, he tried it. Let me attract with the girl. Yeah, this one is <laughs> volleyball. Desi ji, kita na chal de koi bhe bana. Let brown munda. आज वाह बेटे वाह वाह